बिन अधूरे तुम रहोगे कभी चाहा था किसी ने तुम्हें ये तुम खुद कहोगे ना होंगे जब हम सबसे तुम ये खुद कहोगे मिलेंगे बहुत से लेकिन कोई वैसा पागल ना होगा मेरी यादों में तुम हो या मुझ में ही तुम हो मेरे ख्यालों में तुम हो या मेरे ख्याल ही तुम हो दिल मेरा धड़क के पूछे बार बार एक ही बात मेरी जान में तुम हो या मेरी जान ही तुम हो वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें मोहब्बत नहीं वो मोहब्बत ही क्या जिसमें यादें नहीं वो यादें ही क्या जिसमें आप नहीं और वो आप ही क्या जिसमें हम नहीं